हेलो दोस्तों मेरे तरफ से आप सभी को नमस्ते आज हम फिर से टॉयज से खेलने जा रहे हैं आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो नीतू टॉय चैनल का नाम है जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो बच्चों आज हम फिर लाए हैं आपके लिए जबरदस्त खेलों की दुनिया ये देखो कितने सारे खिलौने आपके लिए लाए हैं ये देखो आज तो मजा आने वाला है और देखो ये कौन है इसका नाम बताओ क्या कहा जाएगा इसको ये चिंपियन भी है आज तो आज तो मजा आएगी खेलने में है ना हा रैबिट भी है ये तो व्हाइट रैबिट है मजा आने वाली है आज तो आज मजा आएगी हाँ देखते जाओ ये देखो जबरदस्त खेल होने वाला है आज तो और ये देखो ये कौन है रेड कलर में ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो बहुत सारे खिलौने हैं आज मजा आएगी जबरदस्त मजा आएगी जबरदस्त खेलों की दुनिया में है ना बच्चों कि एक ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो चुका है और अभी इतने सारे खिलौने जो कि घर पहुंचने बाकी हैं अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं ये देखो oh, no. इनका एक ट्रैक्टर जिसमें डीजल फिनिश हो गया है आप कैसे जाएगा इसमें लगता है धक्का लगाना पड़ेगा तब ये घर पहुंचेगा ये देखो देखो जा रहा है घर चलो चलो ये लो ये लो जाओ चलो डीजल लाके आना और इस वाले ट्रैक्टर में बाकी का खिलौना लेके जाओ नीतू चलो शुरू करो अपना आप इस को ले चलते हैं चलो चलो बैठ जाओ ये तो बैठ ही नहीं रहे उसको गिराओ नहीं चोट लग जाएगी अरे अरे सही से खड़ी हो जाओ गुड़िया सही से चलो आओ नखरे मत करो इधर आओ आओ आओ जल्दी आओ पन्ना भी गिर जाओगी यहीं पे आ जाओ उतर जाओ यहाँ पे चलो चलो फिर से वापस चलो चलो चलो चलो चलो अब ऐसे दूसरी कुड़िया को लेकर भाई चलो चलो जल। चलो जल्दी से चलो जल्दी चलो थैंक यू अपनी पास आ जाओ चलो चलो चलो वापस चलो फिर से अब ये बंदूक ले चलते हैं जो कि देखने में बहुत शानदार लग रही है फिर तो चलाने में कितनी अच्छी होगी चलो चलो उसको भी ले चलते हैं चलो चलो चलो उसको यहाँ पे रख देते हैं चलो चलो फिर से वापस चलो चलो अब चलो चलो और नीतू इस वाले ट्रक में तो बहुत सारा डीजल होगा ये तो ऐसे ही चला जाएगा और इसमें तो बहुत तगड़ा भी है ट्रैक्टर में ला दोगे तो ये टूट तो जाएगा इसमें अलग से डीजल भरवाओ तभी ये जाएगा नित्तू देखो ये वाला ये देखो तो ये तो अपने आप चल रहा है इसको ऐसे लेके आओ इसमें ये देखो ये तो बड़ा मजेदार है देखो नहीं तो ये देखो कितने अच्छे से चल रहा है है ना मजेदार और ऐसा करो इसको पीछे करो पीछे ले चलो और इसमें इसमें ये वाला जो ये वाला डियर है ये वाला हिरन है ना ये हॉर्स हॉर्स है ना इसमें इसको ला दो और ये हॉर्स को मत ला दो हॉर्स तो दौड़ के चला आएगा और रेबिट को ला दो रेबिट को चढ़ाओ इसमें रेबिट को चढ़ाओ को, चम्पेन जी को भी चंपन जी को चलो चंपे चलो दादा, जी दादा चमपुंजी दादा चंपुंजी दादा इधर मुकरो चलो इधर मुंकरो आ जाओ जाओ, इनकी पूछ तो बड़ी लंबी है कितनी लोग पूछ है इनकी रैबिट दादा गुस्सा हो जाएंगे अरे चंपन जी अरे अरे अरे अरे देखो बंदर बंदर ही होते हैं कितने नखरे कर रहे हैं हेलो ऐसे उल्टे हो गए देखो ये ओ लो इन्होंने तो रैबिट को भी गिरा दिया तुम कितने गंदे हो चलो तुम इधर आ जाओ ये देखो चिंपेन दादा बड़े गंदे हैं इन्होंने रैबिट को भी गिरा दिया इनकी टुकाई करते हैं चलो चलो इनको आप ने सला दो और घर लेके जाओ बदमाश है चलो, चलो तुम कोई भी शरारत मत करना तुम यहीं पे ऐसे ही लेटे रहो और इसके ऊपर रेविट तुम बैठ जाओ इसलिए ये शरारत भी नहीं कर पाएगा ओ नो, ये तो गिर गया क्यों नखरे क्यों कर रहे हो रैबिट सही से बैठो ना नखरे क्यों कर रहे हो चलो चलो अब मत चिंपांजी तुम पे ही उतर जाओ और तुम भी रैबिट उतर जाओ और ये, ये। फ्लावर है ये भी हम यहीं पे रख देते हैं और ये तो एक रैबिट मिनी रैबिट है जो कि इसमें पही लगे हैं और ये तो ते हैं जो कि पता नहीं किसके हैं और ये तो हिरन है हिरन को यहाँ पे रखते हैं चलो चलो वापस चलो वापस चलो, चलो चलो चलो ना अरे पहुंच गई तो अब इसमें हम कार रखते हैं जो कि रेसिंग कार है बहुत अच्छी लग रही है चलो चलो रेसिंग कार नखरे मत करो चलो चलो, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ आओ आओ आओ आ गई यहाँ पे इसको यहीं पे रख देते हैं चलो चलो चलो अब वापस चलो अब इस टेडी वियर को लाते हैं जिसकी एक आँख छोटी है और एक oh बड़ी God. है और इसकी नाक नहीं है जो कि चंपाणी ने इसकी नाक ली थी जिससे यह किसी को सूंग नहीं पाता चलो, चलो चलो चलो चलो आ जाओ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ तुम भी यहीं पे उतर जाओ चलो वापस चलो ट्रक चलो चलो चलो चलो चलो चलो अब इस डॉगी को लेते हैं जो कि रेड कलर का है चलो चलो डॉगी चलो चलो चलो चलो चलो चलो अब तुम भी यहीं पे उतर जाओ चलो अब इस को लेते हैं जिसका नाम है राजा इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं चलो चलो राजा इसमें आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो चलो चलो अब तुम भी यहीं पे बैठ जाओ चलो अब इसको भी हम यहीं पे खड़ा कर देते हैं चलो चलो चलो अब ट्रैक्टर को भी ले आते हैं इसको भी ले चलते हैं वरना इसको ले चलते हैं चलो चलो आ जाओ आ, आ गए अब घोड़ा तो दौड़ के आ जाएगा चलो चलो घोड़े को भी दौड़ के ले आते हैं आ घोड़े आओ, आओ आओ आओ ये आ गया आज की कैसी वीडियो लगी गाइस हाँ तो बच्चों नीतू टाइज के मज़ेदार खिलौने और मजेदार फनी खिलौने देखने के लिए चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही मज़ेदार खिलौने देखने के लिए आगे भी मज़ेदार खिलौने आते रहेंगे